पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर वन और आज के इस वीडियो में देख लेते हैं उदाहरण नंबर दो तो उदाहरण नंबर दो में हमारा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कौन क्यू तो आइए सबसे पहले हम लोग इस सवाल का चित्र बना लेते हैं चित्र बनाने से होता क्या है चित्र अगर चित्र को अगर हम सही तरह से समझ पाते हैं तो हमारा आधा सवाल आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है हाँ फ्रेंड्स इसमें दो चित्र बनेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू एक ए लेना है और दूसरा पी लेना है तो इसमें नाम बैठा लेते हैं ए बी सी P Q, R. ये हमारा दो चित्र बन गया जो कि समकोण है मैंने बेसिक के क्लास में बताया था त्रिकोण मिति में हमेशा समकोण त्रिभुजी बनता है आदि A, B, C, पी Q, R. ये नाम हमारा गलत है मैंने जानबूझकर नाम गलत लिखा है आइए इसको सही कर लेते हैं इसमें दिया हुआ है कौन बी और कौन क्यू न्यून कौन हो कौन इसमें क्या हमारा कौन बी और कौन क्यू न्यून कौन हो मतलब ये जो हमारा बी है और ये क्यू है ये न्यून कौन होना चाहिए इस हिसाब से अभी तो ये नब्बे डिग्री का है तो न्यून कौन हुआ नहीं न्यून कौन का मतलब होता है नब्बे डिग्री से छोटा तो समकोण त्रिभुज में हमारा एक कोण जो बनता है वो नब्बे डिग्री का होता है और अन्य दो कोण जो होते हैं वो नब्बे डिग्री से छोटा अर्थात कोण होता है तो अब हमारा सी समकोण हो गया मतलब कोण सी का मान हो गया नब्बे डिग्री और कोण बी हो गया न्यून कोण अर्थात नब्बे डिग्री से छोटा और इसमें कौन आर का मान हो गया नब्बे डिग्री और कौन क्यू हो गया हमारा न्यून कोण अब अब हमारा चित्र सही है अब इस पर आता है यदि कौन बी और कौन क्यू ऐसे न्यून कोण हो तो न्यून कोण का मतलब होता है नब्बे डिग्री से छोटा तो हमारा यहाँ कौन बी है तो ये हो गया हमारा नब्बे डिग्री से छोटा अर्थात ये न्यून कौन हो गया और ये भी हमारा न्यून कौन हो गया इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कौन बी और कौन क्यू न्यून कौन है अर्थात कौन बी और कौन क्यू जो हमारा है वो नब्बे डिग्री से छोटा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कौन बी तथा कौन क्यू लेस देन नब्बे डिग्री इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन बी तथा कौन क्यू जो है वो नब्बे डिग्री से छोटा है इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ साइन बी बराबर साइन क्यू यही पॉइंट इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी सहायता करेगा साइन बी बराबर साइन क्यू तो आइए अब देख लेते हैं बेसिक के कला में मैंने ये भी बताया था कि अगर जो यहाँ हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने जो भुजा है वो हमारा कर्ण होगा और यहाँ पे थीटा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे थीटा हम मान लेते हैं इसको तो ये हमारा हो जाएगा लंब अर्थात पी और ये भूजा जो बच गया ये हमारा हो जाएगा आधार सेम प्रोसेस भी उस त्रिभुज में भी सेम प्रोसेस होगा अब देख लेते हैं पिछले सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि हमारा साइन बी पहला त्रिभुज में देखते हैं साइन बी मतलब बोल रहा इसको थीटा मानने के लिए ये बी जो हमारा है इसको हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने जो भुजा है वो हमारा हो जाएगा लम्ब अर्थात P. अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है हमारा हो जाएगा H, अर्थात कर्म और बाकी का ये भुजा जो बच गया हमारा ये हो गया आधार तो साइन B, साइन थीटा बराबर हमारा होता है P बाय एच मतलब लम्ब बटे कर अब इसमें भी देख लेते हैं साइन क्यू बराबर पी बाय एच अभी जब इस तरह से लिखते हैं तो दोनों समान है दोनों एक जैसा है लेकिन जब इसका वैल्यू बैठाएंगे पुट करेंगे यहां से चित्र से तब दोनों का अलग अलग हो जाएगा तो ये देख लेते हैं तो साइन थीठा बराबर होता है पी बायच इसका हम नाम रख देते हैं हम पी बाई एच नहीं लिखेंगे इसका हम नाम लिख देते हैं इस सवाल को हम थोड़ा लंबा करेंगे जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो तो हम साइन बी बराबर लिखते हैं पी बाय एच तो आइए ये, ये तो भुजा हमारा है इसका हम नाम इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि हम जब इसका अगर जब वैल्यू दिया रहता है तब इस तरह से लिखेंगे हमारा आसान होगा अब जब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे तब इसका हम नाम लिखते हैं जैसे हमारा यहाँ पे पी है तो पी हमारा कौन सा भुजा है ये वाला भुजा पी है मतलब ये जो है ये हमारा पी है तो इसका नाम क्या हुआ ये पी भूजा मतलब लम्ब है ये तो इसका नाम क्या हुआ ए और सी तो हम यहाँ ए और सी बैठा देते हैं और बैठे एच था तो एच तो हमारा ये है ये भुजा हो गया हमारा h तो इसका नाम क्या हुआ a और b अब इसी तरह से अगले चित्र में भी देखेंगे कि दिया हुआ है साइन साँग क्यू साइन थीटा बराबर हमारा वही होगा p बा लेकिन चित्र अलग है तो नाम भी इसका अलग होगा और देखते हैं इसमें इसमें दिया हुआ है यहाँ थीटा तो थीटा के सामने जो भुजा है हमारा हो जाएगा लंब अर्थात पी तो अब देखते हैं इसमें ये भुजा हमारा हुआ पी ये भुजा जो है इसी का नाम हुआ पी तो इसका हम नाम बैठाते हैं पी आर पी आर अब एच तो हमारा कर्ण है 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो हमारा होगा कर्ण तो यहाँ हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने ये भुजा है तो ये हो गया हमारा कर्ण तो इस भुजा का नाम क्या है P और Q तो मैं H को हटाकर कर पी लिख लेते हैं P बाय एच को मैंने इसलिए हटाया कि वैल्यू तो दिया हुआ नहीं रहता अगर जो वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम P बाई एच लेकर ही चलते हैं पी बाय एच को हमने इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ था अगर वैल्यू दिया हुआ रहता तब पी बाय एच लिखते क्योंकि जब उसका वैल्यू बैठाते तो दोनों सेम नहीं रहता दोनों अलग हो जाता ऐसे यहाँ भी पी बाय एच था इस तरह से अगर जो लिखते हैं तो यहाँ पी बाय एच हो जाएगा यहाँ भी हमारा पी वाई एच हो जाएगा तो इस तरह से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है सॉल्व होगा लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो सकता है बनाने में तो कन्फ्यूज ना हो इसलिए सब इस e बाई एच इसका जो नाम था भुजा का वो नाम हमने इसमें पुट कर दिया आइए तो अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाले त्रिभुज में मतलब a c b में देख लेते हैं आइए तो अब आगे चलते हैं अब इसमें दिया हुआ है ए सी तो ए सी हमारा यहाँ है एक भुजा का काम ख़त्म दूसरा भूजा भी इसमें है ए ये वाला भुजा ए बी इसको नहीं देखेंगे भी ये ये वाला जो है हमारा दूसरे चित्र का है तो पहले चित्र में देखते हैं एसी हमारा है ए बी हमारा ठीक है ए बी भी है हमारा क्या नहीं है इसमें तो हमारा आधार जो है ये बी सी नहीं है बी सी नहीं है ना एसी एसी जो कि हमारा लम्ब है ए बी ए बी जो कि हमारा कर्न है और इसमें आधार तो है ही नहीं बी और सी हमारा नहीं है तो हम बी और सी को लेकर चलते हैं तो बी सी बराबर रूट अंडर तो बी सी हमारा आधार है ना, मतलब आधार हमारा बी है तो बी बराबर हमने बताया था कि बी बराबर हमारा जो होता है रूट अंडर एच इस्वा माइनस पी स्क्वायर ये होता है हमारा आधार निकालने का फॉर्मूला तो अब यहाँ देखते हैं हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हम इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं दोनों हमारा सेम है ंतर यह है कि इसमें यह ये भूजा जो आधार हुआ हमारा उसका हम यहाँ नाम बैठा दिए हैं ये हमारा b है आधार तो इसका नाम क्या है bc तो हम यहाँ bc दिए हैं अब यहाँ है h स्क्वायर तो h हमारा कौन सा भुजा है ए वाला भुजा हमारा h है तो इसका नाम हुआ a और b तो a और b दिए हैं और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए हैं फिर माइनस माइनस p स्क्वायर तो पी हमारा ए वाला भूजा है ना ये वाला गूझा हमारा P है तो इसका नाम क्या है A और C तो हमने यहाँ A और C लिख दिया है इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देते हैं अब देख लेते हैं आगे अब समीकरण एक अब ये जो हमारा है इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं अब यहाँ से चलते हैं फिर से समीकरण एक से हमारा हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बटे पी ये हमारा हो जाएगा अब आप बोलिएगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा एक भी पॉइंट इस मत कीजिएगा अब इसमें जो हमारा है अब देख लेते हैं इस वाला पॉइंट से हमारा ये कैसे बनता है तो इतना तो बेसिक क्लास बच्चे की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारा गुना होता है मतलब यहाँ से यहाँ इसको गुना करेंगे और यहाँ से यहाँ इसको गुना करेंगे तो आइए गुनाह तो गुना कर लेते हैं ऐसी गुना पी क्यों करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए गुना पी बीच में बराबर है तो बराबर अब ए गुना पी आर करेंगे तो हो जाएगा ए गुना पी अब आप लोग को पता होगा कि भाग का उल्टा गुना होता है और गुना का उल्टा भाग तो ये पॉइंट हमारा ए है तो ए अब यहाँ जो हमारा पी है तो पी आर के साथ में कौन सा रिलेशन में है गुना के रिलेशन में है तो गुना का उल्टा होता है भाग जब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना में है तो हो जाएगा भाग में अर्थात बटे में इसको लिख सकते हैं ए सी बटे बराबर अब देखते हैं यहां तो हमारा अब इसको तो हम यहां ला दिए तो हमारा ये बेचारा बच या अकेले ए अब इसको देखते हैं अब अब दे दिया वो अपना इसको दे दिया तो इो तो एक वाला लेवन करेगा यहाँ अब ये अपना पी आर दे दिया इसको तो अब ये भी क्या करेगा बदला में उसको दे देगा अब हो गया इसमें a भी तो यहाँ अपनी जगह पे है अब बचिया हमारा पी क्यू अब उसका कहना कि एक हम तुमको दिए तब तुम भी हमको एक ठो दो तो इो बेचारा दे, दे देगा उसको एक ठो तो यहाँ गुना में है पी तो हो जाएगा बटे में पी क्यू तो देखिए हमारा आ गया आगे नाला पॉइंट आ गया अब तो इसको हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं के यह पॉइंट जो हमारा निकला इसको हम मान लेते हैं के अब बोलिए के कहां से आ गया तो के एक अनुपात है कि हमारा है कि हमारा क्या है कि हमारा एक अनुपात है आप कुछ भी रख सकते हैं ए रख सकते हैं बी रख सकते हैं सी रख सकते हैं क्योंकि हमारा ए बी सी और पी क्यू आर हमारा तिरभुज का नाम है इसलिए हम उनको नहीं रखते हम डायरेक्ट के रख लिए आप एम भी रख सकते हैं एम भी रख सकते हैं कोई मतलब नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारा एक तो अनुपात है आप बोलिएगा कि ये रखना जरूरी था इस तरह से नहीं बनता तो इस तरह से बनता लेकिन प्रॉब्लम बहुत और लंबा हो जाता है ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सीध करने वाला है इसलिए बड़ा होगा तो ये क्या होता और लंबा हो जाता एक पेज के बदला डेढ़ पेज चला जाता अब इसका मतलब जब आप लोग दो चार वाला रैकिक समीकरण बनाए होंगे तब तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आता है अगर जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं तो यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा अब देख लेते हैं इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए सी बटे पी के बराबर भी के है और ए बी बटे पी के बराबर भी क्या है हमारा के है इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर ये भी है और ये इसके बराबर भी है इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ए सी बटे पी के बराबर के है और ए बी पी के बराबर भी क्या है के है? मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर में है आइए देख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा AC सी बटे पी बराबर के एक बार ध्यान रखिएगा हमारा एक जो है वो प्रत्येक जगह रहता है गुणा में भी और भाग में भी तो ये हमारा बटे में है इसको भी हम बटे कर देते हैं अब इसको तो क्या करेंगे यहां पे जो किए थे कोना कोनी गुना तो यहाँ भी कोना कोनी हम गुना कर देते हैं तो AC सी गुना एक करेंगे तो हमारा हो जाएगा AC। और K गुना पी आर करेंगे तो हो जाएगा के पी आर ये हमारा अब ये निकालना जरूरी था जब पहले हम इतना कर चुके थे फिर इसको निकालना जरूरी था तो हाँ इसको निकालना जरूरी था क्योंकि ये हमारा पाइथागोरस परमेज जो यहाँ है तो इसमें इसका वैल्यू बैठाना होगा इसमें दिया हुआ है क्या ए बी ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर तो ये बैठाना तो होगा नहीं इसका मान निकाल के तो यहाँ मेरा ए सी का स्क्वायर जो है ए सी का वैल्यू यहाँ निकाल गया के पी आर अब ए सी की जगह पर इसको हम यहाँ बैठा देंगे के पी आर अब इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पे जिस तरह से इसको किए उस तरह से इसको भी करेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर के ये बटे है तो इसको भी हम बटेम कर देते हैं इसको भी इस जिस तरह से कोना कोने गुणा किए इसको भी कोना कोने गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी गुना एक तो ए बराबर पी क्यू गुना के तो के पी क्यू अब दोनों का मान निकल गया यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू भी हमारा निकल गया और ए है तो ए का वैल्यू हमारा निकल गया अब इ, इन दोनों मानों को यहाँ पे बैठा देंगे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब हम ये वाले पॉइंट को यहाँ फिर से लिख लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो अब ए बी और ए सी का वैल्यू हमने निकाला था इसको यहाँ कूट कर दिया ये जो हमारा है इसका के पी क्यू का हॉल स्क्वायर जो है इसका मतलब के गुना पी क्यू है तो हॉल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्क्वायर करेंगे अलग करके तो हमारा हो जाएगा के स्क्वायर गुना पी क्यू स्क्वायर मतलब के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर हम लिख सकते हैं अब जिस तरह से इसको किए उस तरह से यहाँ भी होगा के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर और एक बार देखिए कॉमन हम निकालते हैं जब दो टर्म में सेम जब दो टर्म में हमारा कोई चीज़ सेम रहता है तो हम उसको निकाल लेते हैं उस, और उसे कॉमन बोलते हैं जैसे हमारा देखिए तो इसमें के स्क्वायर है ना यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर है तो दोनों इस पॉइंट में और इस पॉइंट में दोनों टर्म में हमारा के मैच कर रहा है तो हम दोनों में से एक ठो बाहर निकाल लेंगे तो के को हम कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया अब बच गया हमारा क्या पी क्यू का स्क्वायर माइनस इसमें के स्क्वायर तो हमारा बाहर हो गया है तो बचा क्या है सिर्फ पी आर स्क्वायर के स्क्वायर है ना और इस पे रूट है इसका मतलब ये है कि ये वर्गमूल है अब k स्क्वायर का जब बर्गमूल निकालते हैं तो हमारा k बाहर आ जाएगा और बाकी सब जो है रूट में रहेगा जिसका बर्गमूल निकलता है वो रूट के बाहर हो जाता है और जिसका बर्गमूल नहीं निकलता है वो रूट के अंदर रहता है ये हमारा हो गया अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में पुनः समकोण त्रिभुज पी आर क्यू समकोण त्रिभुज है, इसलिए पी क्यू आर नहीं लिखेंगे पी आर क्यू लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा यह वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा नंबर भी कट सकता है क्योंकि त्रिकोण मिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है तो हमारा समकोण R पे बन रहा है तो हम R को बीच में रखेंगे अब हमारा सही है कुछ समय पहले मैंने लिखा था यहाँ पे पर में मैंने ये पॉइंट लिखा था एसी वाला तो हमारा हो चुका है अब बचा है पी आर अब देखते हैं त्रिभुज पी आर क्यू में तो पी आर हमारा ठीक है लंब पी आर का तो चर्चा हुआ है यहां पे। पी क्यू का भी है पी क्यू क्यू भी है हमारा अब नहीं है तो क्या q और r ये जो हमारा आधार है q और r नहीं है तो हम यहाँ निकाल लेते हैं q r बराबर सेम प्रोसेस होगा जिस तरह से दोनों से दोनों त्रिभुज क्या हमारा सेम है सिर्फ से, नाम अलग है जिस तरह से इस त्रिभुज में किए उस तरह से उसमें भी करना है तो q r बराबर हो जाएगा q r क्या हमारा बिना तो b बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो h हमारा क्या है h p और q है तो पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं फिर माइनस पी स्क्वायर होता है तो p हमारा ये वाला भुजा है ये लम p तो इसका नाम हुआ p और r ये हमारा हो गया अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तो आइए अब BC और QR का मान तो हमने निकाल लिया अब दोनों को एक जगह जमा कर देते हैं BC बराबर K रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर तथा QR आर बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर अब देख लेते हैं जब हमारा AC बटे PR और AB बटे PQ तो BC बटे QR होगा ये तो कट गया हमारा निकल गया बी सी बटे क्यू आर बराबर के यहाँ चौकी ए सी बटे क्यू आर एबीट पी क्यू चूँकि ए सी बराबर एबी बटे पी बराबर के यहाँ भी हमारा निकल चुका है BC सी बटे क्यू आर बराबर के तो तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा इसलिए AC सी बटे क्यू आर बराबर ए बटे पी क्यू बराबर बी बटे क्यू आर जब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमारा हो जाएगा अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा इसलिए कौन B बराबर कौन Q